कोलेस्ट्रॉल को हमेशा से एक कल्पट के रूप में ही देखा गया है ये माना जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका दुश्मन है कोलेस्ट्रॉल के कारण ही सारे हार्ट अटैक्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल आपकी कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है लेकिन क्या ये सच है दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसैन और मैं इसी तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लेके आता हूँ अगर आपकी ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रोल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्या कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है या दुश्मन है हमारे शरीर के लिए क्या कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है या नहीं है या इसको पूरी तरह से शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए तो ये माना जाता है कि नहीं अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होंगे तो आपके हार्ट की बीमारियों के खतरे बढ़ जाएंगे आपको कोरनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है और ये हार्ट अटैक का कारण बढ़ता है लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही अकेला फैक्टर नहीं है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है कोलेस्ट्रोल आपके शरीर के लिए उतना ही जरूरी कंपोनेंट है जितने दूसरे बाकी कंपोनेंट जरूरी होते हैं अब आप कहेंगे मैं उल्टी बात कर रहा हूँ अभी तक तो डॉक्टर्स ये कहते आए हैं कि नहीं कोलेस्ट्रोल आपके शरीर को नुकसान करता है अगर कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपको कोलेस्ट्रोल कम करने की दवाइयाँ लेनी चाहिए मैं आपको प्रूव करूँगा साइंटिफिकली क्योंकि अभी कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं यूकि मैं अभी एक रिसेंटली एक स्टडी छपी थी दो साल पहले जिसमें एक स्टडी की गई थी साठ साल से उम्र के लोगों पर और उसमें एक ग्रुप के लोगों को कोलेस्ट्रोल को कम करने की दवाइयाँ दी गई जिनको स्टेटिनस कहते हैं और उनका कोलेस्ट्रोल का लेवल नॉर्मल या नीचे की तरफ रखा गया जो दूसरा ग्रुप था 60 साल से ऊपर के लोगों का उनके कोलेस्ट्रोल को कम नहीं किया गया जो उनका कोलेस्ट्रोल लेवल था उसको वैसे रहने दिया गया यानी कि उनको कोई स्टेटिन या कोलेस्ट्रोल को कम करने की दवाइयाँ नहीं दी गई और सरप्राइजिंगली जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई देके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया गया था उनका मोर्टिलिटी रेट कहीं ज़्यादा था उनका लाइफ स्पैन कम था बामुबले उनके जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा था ज़्यादा था और उनको कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई नहीं दी गई थी तो ये कैसे हुआ उसका कारण दोस्तों यह है कि एक को जो है बैलेंस रखने की जरूरत है नेचर ने हमें दो तरह के कोलेस्ट्रोल दिए एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है मेनली दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसको एच डी एल कहते हैं ये अच्छा कोलेस्ट्रोल है दूसरे को एल डी एल कहते हैं ये बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर बनता है हमारा लीवर हमारे शरीर के ज़रूरत के हिसाब से खुद ही कोलेस्ट्रोल पैदा करता रहता है हमें बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें लेने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके भोजन में जो चिकनाई आप खाते हैं उसी से कोलेस्ट्रॉल बनता है अब आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं और आपका लाइफ कैसा है वो सब उस पर डिपेंड करता है अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करके रखा हुआ है एल डी एल एच डी एल या जो इनका एक रेशियो होता है वो अगर बैलेंस है तो कोई ख़तरे की बात नहीं है लेकिन जब उसमें इम्बैलेंस होता है तो यहाँ से ख़तरा शुरू हो जाता है जो एल डी एल है जनरली ये कोरोनरी आर्टरीज़ में डिपॉजिट हो है जो ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है लेकिन जो एच है ये एच पीछे से इस एल को अपने साथ चिपका के वापस लीवर में भेजने का काम करता है और लीवर इसको फ्लश आउट कर देता है तो जहाँ हम ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल आपके हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है उसका रिवर्स आंसर ये भी है कि कोलेस्ट्रोल ही एचडीएल डी आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचाता है तो इसलिए इन दोनों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है तो पहले समझ लेते हैं कि जो लिपिड प्रोफाइल है जो कोलेस्ट्रोल के नॉर्मल लेवल से हमारे शरीर में वो कितने होने चाहिए जो टोटल कोलेस्ट्रोल की मात्रा है वो डेढ़ से और दो के बीच में मैंटेन रहनी चाहिए अगर डेढ़ से नीचे कोलेस्ट्रोल का लेवल है तो ये भी आपके शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह है जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे एच जिसकी हम बात कर रहे हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल की इसकी मात्रा 40 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक रहनी चाहिए जो एल है जिसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसकी मात्रा 100 एम पर डीएल से कम रहनी चाहिए इसके बाकी दो कॉम्पोनेंट्स और होते हैं ट्राईग्लेस्ट्राइड्स ट्राइग्लेसाइड्स भी जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं अगर ज़्यादा हों तो उनकी भी मात्रा 100 so, mg जी पर से कम रहनी चाहिए और एक और होता है VLDL अगर ये बढ़ता है तो ये भी खतरा होता है तो VLDL की जो मात्रा है वो भी 30 mg पर डी से कम हमारे शरीर में रहनी चाहिए तो अगर ये चारों टाइप ऑफ कोलेस्ट्रोल का बैलेंस रहता है शरीर में तो आप स्वस्थ हैं आपका हार्ट स्वस्थ है आपकी कॉर्निट्री स्वस्थ है और शरीर के जो दूसरे फंक्शन हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे वो मैं ये किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि कोलेस्ट्रोल आपके शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है इसके फंक्शंस को हम जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए क्यों ज़रूरी है कोलेस्ट्रोल आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको बनाने में मदद करता है उनको मजबूत करता है आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है इम्यूनिटी कोलेस्ट्रोल देता है आपको उसके अलावा जो आपके सेक्स हारमोन्स हैं वो कोलेस्ट्रोल से ही बनते हैं विटामिन डी3 और दूसरे हार्मोन्स को भी कोलेस्ट्रोल बनाने में मदद करता है इसके अलावा जो आपका बाइल जूस है बाइल जूस लीवर के अंदर बनता है और ये आपके पाचन क्रिया में बहुत सहायक होता है खास तौर से फैट को पचाने में मदद करता है ये भी कोलेस्ट्रोल से ही बनते हैं अब सोचिए कि अगर कोलेस्ट्रोल की मात्रा आपके शरीर में नहीं है या कम है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तो ये एक मिथ्य भी है कि आपको कोलेस्ट्रॉल को नीचे करके रखना है कोलेस्ट्रॉल को नीचे नहीं करना है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके रखना है क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी अवयव है इसको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है तो ये तो हमने बात कर ली कि इसके टाइप्स क्या है और इसका काम क्या है अब ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि इसको मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं मैंटेन करने का बेस्ट तरीका है आपका लाइफ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आप मेहनत करते हैं आप पसीना बहाते हैं तो आपका एच डी का लेवल इम्प्रूव होता है बढ़ता है उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो जाती हैं। और जो एल डी है ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या वी है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस शरीर से बाहर निकलने लगता है, उसका लेवल कम हो जाता है उसके अलावा आपकी डाइट्री हैबिट्स जो है वो भी कोलेस्ट्रोल की मात्रा को सुधारती हैं या बैलेंस करके रखती हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं जितने भी नट्स हैं चाहे पीनट्स हो चाहे आलमंड्स हो, चाहे अखरोट हो या जो भी फली सब्जियाँ होती हैं वो सब अच्छा कोलेस्ट्रोल बनाती हैं और बुरे बुरे कोलेस्ट्रोल को या एलडीएल के लेवल को कम करके रखती हैं उसके अलावा अनार का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है अनार का जूस भी अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है उसके अलावा जो लोग ड्रिंक करते हैं रेड वाइन की बहुत थोड़ी सी मात्रा अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रोल को शरीर से बाहर निकालता है बुरे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता क्या है बुरे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है आपका एक्सरसाइज नहीं करना आपका सरेंट्री लाइफ स्टाइल बाहर का भोजन जंक फूड की मात्रा ज़्यादा खाना और बहुत ज़्यादा चिकनाई या एनिमल फूड्स एंड प्रोसेसिंग फूड्स का इस्तेमाल करना फिर ये आपके बैड कोलेस्ट्रोल या एल की मात्रा या ट्राकोलेट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं फिर ये क्रोन एट्रीज में जमा हो जाता है जिससे आपके हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो अब एक ही नई सोच और विचार होने लगा है कि क्या हार्ट के पेशेंट्स को स्टैटंस देना ज़रूरी है या नहीं देना चाहिए 60 साल के ऊपर के लोगों पर तो ये स्टडी आ गई हैं और ये रिकमेंडेशंस भी आने लगी हैं कि उनको स्टेटेंस ना दिए जाएँ तो अच्छा है किसी दूसरे तरीके से लाइफ चेंज करके उनका कोलेस्ट्रोल को मैंटेन करके रखा जाए तो वो उनके लाइफ स्पेन पर ज़्यादा असर करेगा तो ये अभी रिसर्च का मामला है स्टडीज़ इस पर है मगर ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए आप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करके रखें ना कि उस दौड़ में शामिल हो कि आपको कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करना है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद